कहास्त है नदी है, नदी है। हम हैं और हमारे कुछ दोस्त नदी ना ना में घूमने का मजा ले रहे हैं ठीक है आइए आइए कभी हमारे गांव में भी देखिये कितना सुंदर नजारा है हे ही हे हीरो हीरो तो गोरिया ही लगी आठे हरे जाम मत ए बाजु लाठी मारी धूप गई आ सिद्ध हाले पर के मन पड़े तो चल दो अपनी में खुद आ वाली